भोपाल में पुलवामा हमले की चौथी बरसी पर रालोचपा खेल प्रकोष्ठ ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी रालोचपा खेल प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हम जवानों की शहादत कभी नहीं भूलेंगे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पुलवामा जैसी घटनाएं दोबारा ना हो रालोचपा खेल प्रकोष्ठ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मोहित पटेल के नेतृत्व में पुलवामा में हुए शहीद जवानों की चौथी बरसी पर श्रद्धांजलि अर्पित की गयी राजीव गांधी की प्रतिमा के सामने यह श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया वहीं इस दौरान कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस घटना को चार वर्ष पूर्ण हो चुके हैं शहीदों का हमारा समाज हमेशा ऋणी रहेगा माँ भारती के अमरवीर सपूतों को शत नमन आप सभी का त्याग और बलिदान यह देश कभी नहीं भूल पाएगा। साथ ही अन्य कार्यकर्ताओं ने कहा की शहादत को यह देश कभी नहीं भूलेगा इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मोहित पटेल छात्र नेता विराज यादव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें